ओ, आज हम बाहर आए हुए हैं ब्लॉक पर ये देखिए हमारे जानने वाले हैं ये हैं हमारे जावेद भाई ये राहुल भाई हैं और ये पंकज भाई हैं <laughs> और इधर ये हमारे मामू हैं मामू का नाम पर रनिया अभी और इधर हैं हमारे ये हैं जुनेद भाई जिनका ये कैमरा है अरे ये गुस्से में है क्या अरे गिरा दिया डंडा किधर को गिरा दिया अरे अरे अरे भज गए, अरे भज गए भज गए भज गए क्या और ये देखो तो ये गुलजार भाई हमारी प्लेटी में चलाते हुए जंगलों के अंदर ये बहुत तेज भगाते हुए ले गए हम पीछे निकल गए थोड़ी हम तेज मिलाएँगे और ये देखो ये सब आलू आलुओं का इलाका है से घर वाले मारते हैं ये देखो बहुत सारे मंगी बैठे यहाँ पे वो बैठे सामने लंगूर ये देखो ये लंगूर है हिरण खड़ी है देखो फिलो फ दो हिरण खड़ी है ये देखो दो हिरण खड़ी है ये देखो दो हिरण चलते रहो चलते रहो दो ही रन खड़ी देखो, जाए। जाए। तो ये ये वैसे गलती जा वाला कौन है? देख रो कहीं दूर दूर तक कहीं देख रहे पढ़ा लिखा है आगे करो कर तो यार तो? अरे वो भी तो रहे अरे रफक के तो कुछ जानते नहीं जी जब तो रुका पहले बाकी चाहे चलो चलो इनसे पूछें इनसे पूछे ये भाजी मिल गए हमें इनसे पूछते हम अच्छा चलो ठीक कोई बात छोटी छोटी बनाओ ये हम दोबारा से शुरू करते हैं वीडियो और ये हम जंगल में अभी आधे घंटे बाद शुरू करिए हमने गाड़ी चलानी आधे घंटे तक हमने वीडियो रोक दी थी और अब गांव गांव गांव आगे ये देखो ये गांव मेरे रोक लो भाई ये वो गांव है जिसके और यहाँ पर आप पेड़ देख सकते हो बच्चे घर हैं ये देखो ये भैंसें हैं ये और ये भैंसें हैं और ये पूरा गांव है वो घूमना बड़ा गांव और इसके प्यार पर पूरे भूल देखो वो काम का दिखाते हैं आपको बकरा बकरा बकरा बकरा ये भी है ये है है बहुत और हम इस गांव की दिखाते हैं आपको ये देखो गाय कितनी गाँव है इनकी और ये गांव है इस गांव में घर है घर में तो सभी जगह होते हैं खबर लगी फूल आप देख सकते हैं घर कहते हैं अरे यहाँ वीडियो बना देखो तो ये गांव गांव है वो तेल भी 200 इसमें खत्म हो जाएगा चलते रहो ये पूरा गाँव में चलो निकलो ये गाँव हम करेंगे और ये पूरा गाँव और ये गांव गाँव पर तो देखो यहाँ से निकल आए और ये क्या अक्सर है और हम मूली भी रख दो भाई साहब मूली भी रख दो जल्दी ये आ गई और ये गुलजार भाई ने सब बैठ सबसे पहले देखो और हम शुरू कर रहे हैं अब खाने चलो आइए ये गुलजार भाई सबसे आदि ये खाम और ये हमारे कैमरा साहब हैं और ये हमारे ड्राइवर हैं <laughs> और हम ये पकोड़ी खाने आ गए पे पकोड़ी आने का दिन से जा रहे <laughs> <laughs> <laughs> और ये पेड़ गिरा हुआ है और ये तीन साल पुराने और जब हमारा कैमरा मैंने वो थोड़े साल पुराने बताओ और ये बंडिश कभी निकाली है घूमने ये, ये देखो पीजे भी आ रहे और ये पूरा डाम है देखो पूरा डाम है अबे ड्राइवर वीडियो बना का देखेगा पहले होता है ड्राइविंग ये देखो ये और आगे तो रहे हैं और ये देखो ये आगे चल रहे हैं इधर जंगल है ये पूरा ये पूरा जंगल और ये पूरा डैम और ये आगे हम गडे और ये और ये आ चुका है गाँव गाँव देसी गाँव है बिल्कुल देसी गाँव जिसे कहते हैं उत्तराखंड के अंदर ये देखो देखो, तो ये देखो ये है गांव पूरा जिंदा गांव ये अरे मर वो भी हो तो कह नहीं सकते ये देखो ये है पूरा गांव और वो आगे एक चौकी सी है जहाँ पे चाइकिल चल रही है और ये बत्तख है देखो बत्तख का बहुत सारी बत्तख ये और ये पीछे हमारे ड्राइवर कैमरा मैन से हमारे ड्राइवर सा हमारे और ये पूरा जाम है डाम नहीं डाम ये देखो ये गांव में और ये हम ड्राइविंग कर रहे हैं रोड पर। ये सब जंगल है जंगल जितो ये देखो ये हमारे दूसरे वाले हैं और ये ये क्या है ये बहरा जो चीज भी है बढ़िया नहीं है ये देखो और ये चूतियों वाली फैमिली क्या कर कराया हो भाई रोक, है? रोक ना तो रोक देखो हम सब पहुंच चुके हैं नदी के किनारे और ये हमारा कैमरा मैन है ये हमारे ड्राइवर थे मगर अब नहीं है और ये <laughs> ये देखो ये हमारे कैमरा मैन है हम नदी के किनारे पहुँच चुके हैं ये पूरी नदी है रहे हैं। <laughs> ये नदी का किनारा है और हम उस कोने पर से आए थे वो सामने जो दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ दूर दूर तला कोई रास्ता ही नहीं है जा रहे हैं।